ई तन दन्ह दोनों गो बाई तन दन दोनों गो बा दो तन्हाई तन तन लोग पास ले तनई तन तन दोनों को पास ले आई प्यार में बह गए दो दिल एहसास मेरे पास रहा है दर्द का तेरे एहसास रहा है, तेरा एहसास मेरे पास रहा है एक तुझे बस मेरी लगन थी बात ये तेरे से समझ में आई तनाई